दोस्ती बहुत बहुत ज़रूरी होती है सबसे पहली क्वालिटी यही है कि हम जो सिर्फ सैटरडे संडे जिन दोस्तों से पार्टी करने के लिए मिल रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं होते वो आप बस एंटरटेनमेंट के लिए आपको मस्ती करना है मजा करना है तो आप मिल रहे हो लेकिन एक्चुअल जो आपके दोस्त होते हैं ना वो आपको भी सिखाते हैं आप उनको भी सिखाते हैं वो आपके साथ ग्रो करते हैं और जैसा आपने कहा सेंस जैसे मैं आ, मेरे पेरेंट्स के जो दोस्त हैं सालों से एक के दुखे हैं लेकिन अभी तक है और अभी भी हम कई बार ऐसा लगता है कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो उनसे तो वो कहते हैं हमारे दोस्तों को अपने दोस्तों जैसा समझ समझना कि हम एक दो बोल देंगे या एक दो चीज़ें हो जाएंगी और हमारी दोस्ती टूट जाएगी हमारी दोस्ती इस चीज़ पर नहीं बनी है वो अगर महीनों भी एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं या एक साल तक भी उन्होंने बात नहीं की है वो एक साल बाद भी फ़ोन करते तो वो वैसे ही होते जैसे वो एक साल पहले थे जहाँ उनकी बात छूटी थी बिल्कुल वैसे तो सबसे पहली चीज़ की यही कि ज़रूरी नहीं है आपको अपने दोस्तों से हर एक इंटरवल में मिलना है तभी आपकी दोस्ती कायम रह सकती है